वैसे आज मैं आपको बोलने जा रहा हूँ कि आप इसमें किससे गूगल क्लास यूज करें ये मेरा सेकेंड टेक्निकल वीडियो है आपको पहले इंटरनेट एक्सेस करना पड़ेगा मैं, मैं कर चुका हूँ देखिए दे, मैं लाया हूँ कनेक्ट किया यूज करना पड़ेगा गूगल क्रोम ऑन कीजिए ऑन एक एक जीमेल के साइट में एक इमेजेस इमेजेस के साइट गूगल एप्स का एक पूरा बंशअप आप गूगल एप्स है उसको क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद जो कि मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूं कि है है इधर दो बार क्लिक करने के बाद दो बार क्लिक करने के बाद ऐसे ही प्लेटफॉर्म एक आ जाएगा उसके बाद प्लेटफॉर्म आने आने के बाद करने के बाद इधर एक कुछ ऐसा वाला आ जाएगा ऐसा वाला गूगल प्लासव आपका जो जीमेल आईडी आप कनेक्ट किएंगे वैसी का जिसमें क्लास होगा ये आ जाएगा लेकिन आपका अगर कुछ जॉइन नहीं होंगे क्या कुछ क्रिएट नहीं होंगे तो नहीं आएगा इसके लिए टू डू देखिए उसके बाद मेरा ये कितना सारा क्लास है मैं ये मेरा खुद का है खुद का है ये मेरा खुद का है जिसमें ये वाला ऑप्शन है वो खुद का है ये खुद का है ये मेरा टीचर का है सब ये मेरा दोस्त का है टीचर का है देखिए उसके बाद आप इसमें आप कुछ भी सेंड कर सकते हैं देखिए कैसे क्लास क्रिएट करें ये जो ब्लू प्लस ऑप्शन को जाएं क्लास क्रिएट करिए ज्वाइन कर कोड भी दिए होंगे देखिए इसको जॉइन करें इसको प्लस करें क्लिक करें उसके बाद जॉइन क्लास दिया होगा क्रिएट क्लास दिया होगा आप जॉइन क्लास में अगर आपका कोई टीचर या दोस्त आपको अगर कोई कोड दिया होगा तो उसको लोग एंटर कर जैसे कि ऐसे कुछ अलग अलग होता है कैपिटल लेटर में नहीं होता ऐसे कुछ अलग आ, इसका थोड़ा अलग होता है पाँच से सात लेटर तक ही होता है उसके बाद उसको ज्वाइन आपको ईमेल आईडी डी प्रिफर करना पड़ेगा लेकिन कौन सा आप आ, प्रिफर करते हो कि आपका कौन सा यूज करना ज़रूरी है या सही है करने के बाद आपको साइट में ऐसे करने के बाद उसके बाद ज्वाइन लेटर आ जाएगा अगर यह गलत है तो नहीं अगर ठीक कोड हो तो इधर ज्वाइन लेटर ज्वाइन का कोड आ जाएगा देखिए उसके बाद मैं तुम्हें ये करके दिखाता हूँ मैं आपको क्रिएट क्लास करके दिखाता हूँ इधर प्लस को आ, प्रेस कीजिए फिर क्रिएट क्लास क्रिएट क्लास के बाद आई आपको अगर पढ़ना ही है तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन मैं तो पहले से पढ़ चुका हूँ कंटिन्यू uh, कंटिन्यू के बाद आपको क्लास नेम अगर कुछ क्लास नेम रखना है तो रख सकते हैं जैसे रुकिए देखिए ये वाला देखिए टेक्निकल मैं अपना क्लास नेम टिकल डेवासिज रखाऊँ फिर सेक्शन यूट्यूब लिखाऊँ फिर सब्जेक्ट टेक्नोलॉजी एंड गेम्स एंड रूम वही यूटूब ट्रिक्स ये वाला लिख दिया उसके बाद क्रिएट क्लास क्रिएट क्लास करने के बाद आपको कुछ आ, क्लास के बाद ऐसे कुछ आ गया टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी का इमेज दे दिया लेकिन ऐसे ऐसे कुछ आ जाएगा करने के ज्वाइन होगा देखिए इन्वाइट स्टूडेंट टू योट इन पता चल गया गॉट इन अगर आप किसी को सेंड करना चाहते हैं तो ये वाला ये वाला आप सेंड कर चुके हैं और आपका हर टेक्नोलॉजी वीडियो आपको इधर मिल जाएगा टेक्नोलॉजी वीडियो एनपीएल ये अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए और कॉपी uh, इन्वेटेशन की uh, मैं तो डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा ठीक फिर अगर टू uh, uh, अगर अनाउंसमेंट आप कर सकते हैं कि uh, अगर आप uh, पहले से अनाउंसमेंट कर सकते हैं फिर रेस्पॉन्टूडेंट uh, पोस्ट ब्लॉक भी कर सकते हैं कौन कौन स्टूडेंट कर सकता है और नहीं कर सकता आ, फिर आप अगर किस अब इधर तो कोई नहीं है चिल्ड्रेन जो ये स्टूडेंट अगर वे आएगा तो आ, मैं अपलोड कर सकता हूँ अभी देखिए अपलोड करने के लिए मैं ऐसे किया हूँ अपलोड करूँगा अपलोड करके भी सेंड कर सकते हैं आप अगर देखिए उसके बाद में मैं एक आ, अलग जीमेल आई से आपको मेरा क्लास जॉइन करके दिखाता हूँ देखिए ये मेरा सब क्लास है इसमें मैं टीचर टीचर्स हैं लेकिन आपको जॉइन करना है इसलिए जॉइन क्लास जॉइन क्लास कोर्स मेरा ये वाला जीमेल मेल में, में यूज करूँगा फिर ये वाला को मैं कॉपी कर दे रहा हूँ कॉपी पेस्ट करने के बाद इधर जॉइन ऑप्शन आ जाएगा देखिए आ जाएगा जॉइन जॉइन ऑप्शन उसको क्लिक करें जॉइनिंग जौन। इज़ इस प्रोसेसिंग इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है देखिए आ गया आपका देखिए इधर मैं एक स्टूडेंट बन के आ गया मेरा अलग जिम्मेदारी से देखिए कुछ क्लास को अगर बोलना चाहते हैं तो ये मेरा देखिए ही हाय हाय बोलते हैं पोस्ट पोस्ट आ पोस्टिंग हो रहा है देखिए देखिए तो और इधर इधर इधर मेरा चैनल में इदार इदार आ जाएगा रिफ्रेश कर दूंगा तो रिफ्रेश कर दूंगा तो ये आ जाएगा मैं उधर से रिफ्रेश करने के बाद वो जो सेंड किया इधर आ गया देखिए हाय उसमें देखिए इधर मैं जो भी सेंड किया वो डिलीट नहीं कर सकते जो भी टीचर होंगे वो ही डिलेट कर सकते हैं देखिए मैं डिलीट करूँगा तो ऑटोमेटिकली तो डिलीट हो जाएगा हाँ uh, ये yes, uh, अच्छा है ये फ्यूचर के लिए जो भी कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस या पी डी एफ वी तो ये अच्छा सा टेक्नोलॉजी है तो करूँगा कि आप ये यूज करें अगर आप ये हो तो आपका अगर नौकरी है, है तो आप अगर आपके बॉस को सेंड करना चाहते हैं तो आप बोलिए इधर सेंड करने के लिए ये हमेशा रहेगा इधर तब तक जब तक हॉस्ट डिलीट ना कर ले हॉस्ट तो डिलीट नहीं करेंगे आप कब कब डिलेट नहीं होगा आपको सिर्फ जी आईडी और आपका पासवर्ड याद रखना पड़ेगा और अगर आ, ये वाला देखने के लिए और इस आज के वीडियो में इतना ही आ, मैं अनुरोध करता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और चैनल कॉमेंट जरूर करना और मिलते हैं अगले वीडियो में